पे लिख दिया तू है मेरी महू बस्तुरा रेत से समुद्र की तरह अब इश्क़ होगा बेतना मैंने आसुमा पे लिख दिया तू है मेरी महू रेत से समुद्र की तरफ